जमीन पर गिरे नए स्टूडेंट्स जो हर तरफ से सीनियर्स से घिरे हुए थे कहीं से भी घबराए नहीं लग रहे थे बल्कि उनकी आंखों में तो एक अजीब यकीन था जिसके साथ अगर हिम्मत है तो हमसे आँख शक्ति छीन कर दिखाओ हम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले फिर चाहे हमें तुमसे मार ही क्यों ना खानी पड़ जाए इस पर उस लंबे बालों वाले लड़के ने हंसते हुए कहा कितने बेवकूफ लड़के है ये चलो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी अब जो की तुम लोग प्यार से बात नहीं मान रहे हो फिर तो हमें तुम्हें बुरी तरह पीटकर खुद ही आग की शक्ति हासिल करनी होगी ये सुनकर नया स्टूडेंट भी हंसने लगा और उसने इसी हंसी के साथ सीनियर्स का मजाक उड़ाते हुए कहा इसमें बेवकूफी की क्या बात है ये सोचने की गलती बिल्कुल मत करना कि तुम हमारे सीनियर हो इसलिए जो जी में आए वो कर सकते हो अगर गलती से भी तुम ध्रुव चौर्य की टीम से मिले ना तो तुम चुप अपनी आग की शक्ति देने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाओगे हम कम से कम इतनी हिम्मत तो रखते है की अपने से ताकतवर के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं है मुझे तो इंतजार है उस पल का जब तुम्हारी मुलाकात ध्रुव और बाकियों से होगी फिर देखता हूँ कि तुम्हारी ये हंसी कहा से निकलती है वहीं उस लड़के के मुंह से वो नाम सुनते ही परेशानी दिखने लगी क्या ध्रुव शोरी ऐसा लगता है की सारे नए स्टूडेंट्स अपनी उम्मीद उस लड़के और उसके साथियों पर ही टिकाए हुए हैं लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है की वो लोग सीनियर से डर छुपे हुए हैं ना जाने वो इस जंगल के किस किनारे में छुपे हुए हैं मगर अगली बार जब भी वो बाहर निकलेंगे तब उनका तुमसे भी बुरा हाल होगा ये हम सीनियर्स का वादा रहा इसलिए फिलहाल तो दिन में सपने देखना बंद करो और शांति से अपनी आँख शक्ति हमारे हवाले कर दो मेरा ऑफर अभी भी खुला है अगर तुम आग शक्ति हमें देते हो फिर हम तुम्हें मारेंगे नहीं इतना कहते ही उस लड़के ने अपना हाथ लहराया जिसे देखकर उसके साथ नए स्टूडेंट के पास आकर खड़े हो गए इसके साथ सभी के शरीर से शक्तियां निकलनी शुरू हो गई जिस वजह से आस के पत्ते भी उड़ते हुए दिखाई देने लगे उसके बाद सीनियर्स का वो ग्रुप ने स्टूडेंट्स पर जोरदार हमला की की तो, तो हम लेकिन अब आप कहा जाएंगे इसका अंदाजा मुझे बिल्कुल नहीं है वही उस आवाज के बाद आस पास खड़े लड़कों के शरीर से निकलती शक्ति अचानक से धीमी होने लग गई इसके अलावा सभी ने एक झटके में अपनी नजर उस दिशा में घुमाई जहाँ से वो आवाज सुनाई पड़ी थी ने पांचों में सबसे आगे खड़े लड़के की तरफ गौर किया जिसकी पीठ पर एक बड़ी सी काले रंग की तलवार टंगी हुई थी इस तलवार को देखते ही जैसे नए स्टूडेंट उन्हें पहचान गए और सभी ने खुश होते हुए कहा ध्रुव और उसकी टीम अब आएगा मजा जाहिर सी बात है कि ध्रुव को वहां देखकर सभी नए स्टूडेंट्स बहुत खुश हो गए थे क्योंकि अब सीनियर्स उन पर हमला नहीं कर पाते इस घने जंगल में जिसमें सीनियर्स हमेशा से नए स्टूडेंट्स पर जुल्म करते आए थे अचानक से ध्रुव और उसके साथियों के आने की वजह से सीनियर्स घबराने लगे थे इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि नए स्टूडेंट्स मनी मन और बाकी को अपना मसीहा मानने लगे थे ऐसा इसलिए क्योंकि नए स्टूडेंट्स में सिर्फ एक ही ऐसा ग्रुप था जो सीनियर्स से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ था तभी पेड़ के पास खड़ी टीम को देखकर लंबे बाल वाले लड़के ने ध्रुव की तरफ देखते हुए पूछा अच्छा तो तुम हो ध्रुव शौर है अगर ऐसी बात है तो शायद तुम और तुम्हारे दोस्त ही होंगे जो इस जंगल में सीनियर्स की आग की शक्ति लूटने में लगे हैं। मैंने सही कहा ना इस पर ध्रुव ने अपना सिरे लाते हुए उसे जवाब दिया क्या बात है हमसे पहले हमारा नाम तुम तक पहुँच गया मशहूर होने का ये पहला सबूत है ये देखकर उस लम्बे बाल वाले लड़के ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ध्रुव से कहा सच कहू तो मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ जो तुम यहाँ हमारे सामने आ गए ऐसा कहते ही उस लड़के ने अपना हाथ लहराया जिसके तुरंत बाद उसके चार साथी भी उसके ठीक पीछे आकर खड़े हो गए फिर अपने साथियों को अपने साथ आता थे उस लंबे बालों वाले लड़के ने मुस्कुराकर ध्रुव से कहा चुपचाप आग की शक्ति हमें थमा दो नहीं तो हम उसे जबरदस्ती तुमसे छीन लेंगे इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उस लड़के को जवाब दिया अरे वाह यही बात तो मैं तुमसे कहने वाला था ये कहते हुए की में एक सी चमक पहुंच इसके साथ ही उसके शरीर से ढेर सारे हरे रंग की शक्तियां निकलने लगी जो उसने अपनी मुठ्ठी में इकट्ठा कर ली थी वही ध्रुव को ऐसा करता देख उस लंबे बालों वाले लड़के ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा बेवकूफों का सरदार इतने में अचानक उसके पीछे खड़े लड़के एक झटके में ध्रुव के पास आ गए और फिर चारों ने एक साथ ध्रुव पर हमला किया जाहिर सी बात है कि वो चारों एक साथ हमला करके ध्रुव को बुरी तरह जख्मी करना चाहते थे और सभी ने बेहतरीन टीम वर्क के साथ ध्रुव पर हमला किया था जिससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल था लेकिन ध्रुव ने तो चारों के हमलों को नजरअंदाज कर अपनी नजर सामने खड़े लंबे बाल वाले लड़के की तरफ की इसके साथ ही ध्रुव की मुठ्ठी में इकट्ठा होती शक्तियां और ज्यादा बढ़ गई और जैसे ही चारों सीनियर्स का हमला ध्रुव पर होने ही वाला था कि तभी अचानक हवा की तेज आवाज उस जगह पर सुनाई पड़ी और तुरंत ध्रुव के आसपास चार परछाइया आकर खड़ी हो गईं। वो चारों इतनी तेज रफ्तार से वहां आए थे कि सभी की नजरों में एक हैरानी दिखाई देने लगी उसके बाद वो चारों परछाइया सीधे ध्रुव पर हमला करते सीनियर्स पर हमला करने लगी फिर जैसे ध्रुव के साथियों का वो हमला सीनियर्स के हमले से टकराया तो उससे निकलती शक्ति आसपास के इलाके में फैल गई उस शक्ति की वजह से जमीन पर बिखरी सूखी पत्तियां भी हवा में उड़ने लगी और पत्तियों की उस बरसात को देखकर कर नए स्टूडेंट्स का मुंह खुला का खुला रह गया इसके तुरंत बाद सभी ने देखा कि सीनियर्स का हमला इशान, और लीजा ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया था यहाँ तक कि उनके हमलों की वजह से सीनियर्स का शरीर तक जोर से कांप गया फिर एक पल बाद चारो सीनियर्स के चेहरे दर्द के मारे लाल होने लगे और फिर उनके मुंह से ढेर सारा खून बाहर निकलने लगा इतने लम्बे बाल वाले लड़के ने चेहरे पर फिक्र के साथ देखा ध्रुव के साथियों के हमले से उसके साथी उड़ते हुए सीधे आकर जमीन पर गिर गए वहीं जब वो लड़का अपने साथियों की हालत पर है खड़ी हो गई जिसे महसूस कर लंबे बाल वाले लड़के के चेहरे पर ढेर सारा खौफ दिखाई देने लगा इतने में ध्रुव ने उसकी आंखों में छाए खौफ को देख कर मुस्कुराते हुए अपनी मुठ्ठी से सीधा उस लंबे बालों वाले के कंधे पर वार किया वो हमला बहुत जोरदार था और उसके कंधे से टकराते ही सभी को हड्डी टूटने की तेज आवाज सुनाई पड़ी इस हमले के साथ ही वो लंबे बालों वाला लड़का भी तेजी से ध्रुव का हमला इतना ज्यादा ताकतवर कैसे था उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था की आखिर बाहरी हिस्से से आए स्टूडेंट की ताकत और उनका टीम वर्क इतनी जल्दी इतना बेहतर कैसे हो गया था इतने में जमीन पर गिरे नए स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी आंखों से ध्रुव की हैरानी के बाद इन सभी नए स्टूडेंट्स ने गहरी सांस लेते हुए इस बात को समझा कि ध्रुव और उसकी टीम के सभी अकेले में बहुत ताकतवर थे लेकिन जंगल में बिताए कुछ दिनों में वो सभी एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए लड़ना सीख गए थे इस वजह से इस टीम की ताकत वाकई अब दिल दहला देने वाली हो थी। इसके बाद ध्रुव और ध्रुव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई जिसके साथ वो अपनी शीट पर बढ़ते नंबर को गौर से देखने लगा फिलहाल ध्रुव की आग शक्ति शीट पर कुल मिलाकर चौहत्तर दिन की आग शक्ति थी और अगर ध्रुव इसकी गिनती करे तो के पांच ग्रुप को कम्पिटिशन से बाहर कर दिया है ये कहकर ईरान ने एक नजर पांच और सीनियर्स की तरफ देखा जो फिलहाल पेड़ से बंधे हुए थे फिर एक पल कुछ सोचने के बाद इराने अपने साथियों से आगे कहा अगर हम शतरंज के खिलाड़ियों को छोड़ दें तो अभी भी में तीन ऐसे ग्रुप्स हैं जिनसे हम आग की शक्ति छीन सकते हैं कितनी बुरी बात है, कि ये जंगल इतना बड़ा है मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इतने बड़े जंगल में हम उन तीन बचे ग्रुप्स को कैसे ढूंढेंगे फिर तो जरूर बाकी ग्रुप्स भी एक साथ होकर हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे वैसे देखा जाए तो पहले के मुकाबले हमारा टीम वर्क लाजवाब है लेकिन इसके बावजूद हम एक वक्त पर एक ही ग्रुप को संभाल सकते हैं और चलो हम कोशिश भी करते हैं तो शायद दूसरे ग्रुप से भी निपट सकें, लेकिन तीन ग्रुप से एक साथ निपटना ना बाबा ना ऐसे में तो हम जरूर हार जाएंगे वहीं लीजा की बात सुनते हुए ध्रुव के चेहरे पर हल्की फिक्र दिखाई देने लगी फिर एक पल बाद कुछ सोचते हुए वो लोग फिलहाल हैरानी भरी नजरों के साथ ध्रुव की तरफ ही देख रहे थे जिन्हें देखकर ध्रुव ने अपने साथियों से कहा देखो जैसा की ईरा ने कहा फिलहाल तो शतरंज के खिलाड़ियों को छोड़कर सिर्फ तीन ही ग्रुप बचे कॉम्पिटिशन में अभी भी टिके हुए इसे दूसरे तरीके से देखा जाए तो हमारे निपटने के लिए अब भी पंद्रह सीनियर्स बाकी हैं लेकिन हम नए स्टूडेंट्स की तो ऐसी तो, तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए मेरा मतलब है कि अभी भी इस बड़े से जंगल में ऐसे बहुत से नए स्टूडेंट्स है जो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और क्यूँकी उनके पास इस जंगल से निकलने का नक्शा नहीं है इसलिए उनके लिए यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा ध्रुव की बात सुनकर उसके साथी हामी भरते हुए सिर तो हिला ने सभी के चेहरों की हैरानी को देख कर उन्हें जवाब देते हुए कहा हमें सभी नए स्टूडेंट्स को इकट्ठा करना चाहिए उसके बाद जंगल में खबर फैल जाने दो तो की हम पांचों अकेले हैं इससे बाकी बचे तीनों ग्रुप्स आग शक्ति हासिल करने के लिए हमारे पास जरूर आएंगे और हम नए स्टूडेंट्स की ताकत का फायदा उठाकर तीनों ग्रुप्स को एक साथ खत्म कर देंगे तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में यह सुनते ही ईशान ने हैरानी के साथ से पूछा, क्या? इसका मतलब हम सभी लोगों को अपने पास बुलाएं? पागल तो नहीं हो गए हो तुम अरे तीनों का एक साथ आने का मतलब है कि वो मिलकर हम पर हमला करेंगे और तुम नए स्टूडेंट्स के भरोसे पर तो हो लेकिन अगर वो लोग हमला रोकने में नाकाम रहे फिर तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे ये तो आबैल मुझे मार जैसा हो जाएगा सी बात है कि ईशान हासिल की गई आशक्ति को खोने का कोई खतरा नहीं उठाना चाह रहा था वहीं उसकी बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए उसे समझाया देखो ऐसा जरूरी नहीं है अगर हमारी तादाद बहुत ज्यादा हुई फिर तो हम जरूर तीनों ग्रुप्स को आसानी से संभाल लेंगे तुम शायद बाकी नए स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रहे हो भूलो मत की अगर वो कमजोर होते तो बाहरी हिस्से के टॉप फिफ्टी में नहीं होते वो तो सिर्फ उनके टीम वर्क में गड़बड़ी है और उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें बता सके कि करना क्या है वैसे भी अगर हम इसी तरह चीजें खींचते रहे तो बहुत जल्द हम शतरंज के खिलाड़ियों से टकरा जाएंगे इससे बचने का सबसे अच्छा मौका यही होगा कि हम एक साथ तीनों ग्रुप्स को इस कंपटीशन से बाहर कर दें। इससे हमारी काफी मेहनत भी बच जाएगी और हमारा बहुत वक्त भी बचेगा तुम लोग ही बताओ क्या तुम जल्द से जल्द अंदरूनी हिस्से में नहीं जाना चाहते हो अरे भाई वहां का आग शक्ति ट्रेनिंग टावर हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है वही ध्रुव की बात सुनकर उसके चारों साथ ही सोच में पड़ गए और तभी बिजोरा ने कुछ सोचते हुए ध्रुव से अपनी भारी भरकम आवाज में कहा हम वैसे भी बहुत सारा वक्त इस जंगल में गुजार चुके हैं इसलिए को दिया। देखो मुझे तो कुछ भी चलेगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हमें हासिल की गई आती ही तो गंवानी पड़ेगी ना कोई बात नहीं देखो ध्रुव तुम इस टीम के कैप्टन हो तो तुम ही फैसला करो की हमें क्या करना चाहिए इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है जो करना है वो करो और जैसे ही ईशान ने देखा कि बेजौरा और लीजा तो ध्रुव की तो तुम्हारा हमें बहुत बड़ी मुश्किल में ना डाल दे जाहिर सी बात है ईशान अच्छे से जानता था की अगर वो राजी नहीं भी हुआ तो भी बाकियों की वजह से उसे राजी होना ही पड़ता इसलिए ईशान को भी हामी भरना सही लगा ताकि उसकी बची खुची इज्जत तो बरकरार रह सके तो क्या ध्रुव का नए स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने का प्लान कामयाब हो पाएगा या फिर सीनियर्स को अपने पास बुलाने का फैसला उसके और उसके साथियों के लिए भारी पड़ जाएगा जानने के लिए सुनते रहिए दिवन ओनली आर जे के साथ सुपर योथ था सिर्फ पॉकेट एफ एम्पर